कम इज ही डूइंग कुछ भी नहीं दिलो मरे दिलो मरे आशे वाले और टाइम हुआ ये ठीक है क्या ये ठीक है मार di luar luar enggak enggak kill bagal bagal aja nih dekat aja sini triple kill enggak usah zabada mau konceran udah udah sini aja guys ya selamat दिल कठिन चाल्मा क्या आजा गया आजा गया